ek da hai bar poorab chala mere liye chahiye na kabhi na ke lena le le meri suno aur to